जरूर शेयर करिए क्योंकि से कन्या राशि के जातकों तो आप, रहेंगे ये भगवान भोलेनाथ है तो आपको करना क्या रहेगा सोमवार दिन प्रातःकाल भगवान शिव की एक पारद की मूर्ति आपको लानी रहेगी और अपने घर के पारद शिवलिंग आपको लाना रहेगा शिवजी की मूर्ति जो पारद की होती है शिवलिंग लाना रहेगा और इसको अपने घर के ईशान कोण में पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा और प्रतिदिन प्रयास करिए कि इस पर आप गंगा जल का जरूर अभिषेक करें ओम नमः शिवाय मंत्र से और यज्ञोपवित जिसको जनेऊ बोलते हैं तो इस शिवलिंग पर आप लोग जनेऊ जरूर चढ़ा दीजिएगा ये यदि आप प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए दिन प्रतिदिन आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा कैसा लगा है वीडियो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाइए और हाँ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक पेज पर जमकर शेयर करिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार